माल रोड पर किए जा रहे सुधारिकरण कार्य में अत्यधिक देरी हो रही है इस देरी के खिलाफ व्यापारियों ने माल रोड पर धरना प्रदर्शन कर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व्यापारियों के इस धरना प्रदर्शन में अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया लोक निर्माण विभाग मसूरी माल रोड पर सुधारीकरण कार्य कर रहा है लेकिन विभाग इसमें काफी समय लगा रहा है जिस वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विभाग के इस लेट लतीफी के खिलाफ मसूरी व्यापार मंडल ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा पर्यटकों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और अब तक मसूरी के माल रोड का कार्य पूरा नहीं किया गया है और जिस गति से विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है उससे तो लगता है अगस्त माह तक अमित गुप्ता ने कहा कि विभाग कछुआ गति से किया जा रहा है इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्र छात्राओं पर भी पड़ रहा है जिला प्रशासन द्वारा यह कहा गया था की बीस अप्रैल तक रोडो का काम दुरुस्त हो जाएगा रोडो का रखाव हो जाएगा उसके बाद तीस अप्रैल की डेडलाइन दी गई पर आज तक कोई भी स्थिति जो देख रहे हैं माल रोड की चाहे वो किताब की हो चाहे वो खुलड़ी बाजार की हो लंडौर बाजार की हो स्थिति दयनीय है किताब में पिछले तीन माह पूर्व काम शुरू हुआ था आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है कॉबलिंग की सामग्री पिछले दो महीने से पड़ी है जिसका कार्य शुरू नहीं हो रहा है कॉबलिंग के सामग्री के कारण बाजार में जाम लगता है बाजार में परेशानी होती है और ना, ना ही पुलिस प्रशासन और न ही जिला प्रशासन इसकी और कोई ध्यान दे रहा है आप ये देख रहे हैं की लगातार शासन प्रशासन सिर्फ समय दे रहा है मार्च से लेकर आज मई हो गई लेकिन कार्य की गति वही कछुआ गति है आज भी वही तीन महीने पहले ये लाइब्रेरी का काम शुरू हुआ था आज भी उसकी स्थिति जस की तस है पूरी मालरोड की दुर्दशा हो चुकी है हम विकास विरोधी नहीं हैं लेकिन विकास का समय सुनिश्चित तो होना चाहिए विकास का काम सही समय पर होना चाहिए आज मसूरी का पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है लेकिन जो यहाँ पर जो पर्यटक आ रहा है वो एक गलत मैसेज लेकर जा रहा है और मसूरी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य ऐसी संवेदनशील मुख्य शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है